बीच में बड़ी सीता मैया सेवा में हनुमान होया सो बीच में बड़ी सीता मैया सेवा में हनुमान हो रेगा

बीच में बैठे सीता मैया सेवा मे हनुमान रेम सेवा में हनुमान रे अपने

राम तो बल जशन कर बस सुबे चारे सेवा में हनुमान तो नुबार नुबार राम मोरे सोच तो भरत कर भारी

कमल की स्वभाव सुन शरण सुबानी सेवा में हनुमान रे रम सब भाई मगन करण रस रानी सेवा में हनुमान रे

सोरे रे काल ना तेरा राम हो दुख जब भर से का भैया देवा में अनवान रो सोरे रे काल ना तेरा राम हो दुख जब भर से का भैया देवा में अनवान रो

मैया सेवा में हनुमान सुनिया निवा लगी रामा तब

शिरमा

जय राम राम माता सुने होते रे रे आरे विराजे राम हो आसन विराजे राम हो अबी जम वढे सीता मैया सेवा में हनुमान अबी जम वढे सीता मैया सेवा में हनुमान

seva seva seva hai roda andar ve janam

सीता मैया सेवा में हनुमान रे